इस देश में यदि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान नहीं होता तो इस देश में पब्लिक एजुकेशन पे पैसा खर्च नहीं होता और पब्लिक एजुकेशन के भीतर एक ही बेंच पे ब्राह्मण और दलित का बच्चा एक साथ बैठकर के पढ़ाई नहीं कर रहा होता यह है संविधान की ताकत यह संविधान किसी एक जाति किसी एक धर्म के लिए नहीं है